कई बार देखा होगा बहुत सारे लोगों को बर्फ के बीच में जाते हैं वहाँ खड्डा कुदते है और उसके अंदर डुबकी लगाते हैं तो क्या आपने कभी जानने की कोशिश की है कि ये लोग ऐसा क्यों करते हैं हम लोग नीदे ऐसी जो पानी गर्म करके नहाते हैं ऐसा थोड़ी ना है कि इनके यहाँ काम नहीं करेगा क्योंकि इतने ठंडे विंटर में इतने ठंडे पानी से नहाना सड़क के लिए नुकसानदायक भी हो सकता है तो ये बेचारी लड़कियाँ गरीबी की वजह ऐसी ऐसा करती है या फिर कारण कुछ और मजेदार जानकारी देंगे इससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को फॉलो कर लो ताकि इतनी मजेदार जानकारी आप तक पहुँचे और अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करना मन भूलना हम में से कई लोगों को ये लगता है ये लोग बिल्कुल बर्फ में रहते हैं वो एक ही फेस्टिवल मनाते हैं जिसका नाम है क्रिसमस पर इन लोगों का एक और फेस्टिवल होता है जिसमें ये लोग बर्फ के बीच में जाके खड्डा होते हैं उसे कहते हैं आइस वॉल और 19 जेन को ये लोग सेलिब्रेट करते हैं एपिफेनी डे और इनके लिए ये फेस्टिवल काफी इंपोर्टेंट होता है और इन लोगों का मानना है की इस दिन पानी में डुबकी लगाने ऐसी जिसकी भी किस्मत खराब होती है वो किस्मत बदल जाती है और सभी को अपनी किस्मत खराब ही लगती है इस दिन हर व्यक्ति आइजॉल में डुबकी जरूर लगाता है